इस बहुत दिन बाद गए हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मेन बेसिस क्या होना चाहिए यानी कि वीडियो एडिटिंग पर तो मैं पहले बता दूं इसमें दो केस हैं इन वीडियो में मैं दो केस बताऊंगी एक फोन के मामले में और एक कंप्यूटर के मामले में तो मैं पहले बता दूँ फोन के मामले में अगर आपके पास एक फोन हो तो उसमें आप क्या करेंगे फोन में ही प्ले स्टोर में जाकर गूगल की प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन आता है काइनमास्टर प्रो या फिर काइनमास्टर नाम के एक एप्लीकेशन आते हैं तो उनको डाउनलोड करिए इंस्टॉल करिए अपनी मोबाइल में एंड छोटे छोटे दो चार मिनट का प्रोजेक्ट बनाते रहिए जब आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते तो आपको ही खुद को लगेगा कि भाई ये काइन तो बहुत धीमी पड़ रही है उस टाइम पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है एक कंप्यूटर खरीदना है या फिर आपको कंप्यूटर खरीदने के सामर्थ्य नहीं है तो आप मोबाइल पर ही काम कर सकते हैं उन काय में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं वो आप काम में लगा सकते हैं और जब आपका कंप्यूटर आ जाता है तो आप कंप्यूटर में जाइए सेकंड केस मैं बताती हूँ कंप्यूटर के मामले में कंप्यूटर के पास आई मीन जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स हैं मोबाइल नहीं है तो आप कंप्यूटर से ही शुरू कर सकते हैं लेकिन उसके पहले आपको कंप्यूटर्स के जो नॉलेज हैं थोड़े थोड़े जान लेना चाहिए मेरे आइडिया से एंड अगर आप बात करो कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में कौन से अप्लीकेशन यूज करें पहले पहले जाइए फिल्मोरा ग इस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन पर फ्री उनको uh, इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल करिए अपनी कंप्यूटर में आपकी चाहे वो विंडोज़ हो या फिर मैक यानी कि एप्पल के कंप्यूटर्स वो दोनों में ही रन होते हैं आप जाइए एंड उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से अपने अपने वीडियोस को अपने प्रोजेक्ट्स को सजाते रहिए लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो वीडियो या फिर प्रोजेक्ट फाइव टू तो टेन मिनट्स के अंदर ही रहना क्योंकि रखना क्योंकि वो आप बिगिनर्स हैं आपके लिए फ़ाइव टू टेन मिनट्स बहुत ही ज़्यादा है टू से पाँच मिनट आई मीन दो से पाँच मिनट ये ही बहुत ज़्यादा है लेकिन आप जा सकते हैं टेन मिनट्स तक उसके ज़्यादा नहीं उस मामले में आपको फिल्मोरा बहुत अच्छा लगेगा जब आप बिगिनर में काम कर रहे हो लेकिन आप अगर बहुत दिन लेकर प्रैक्टिस करते हो फूरा को बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फिलुरा भी बहुत कमज़ोर होगा तो उस टाइम पर आपको क्या करना है एडोबी प्रीमियर प्रो एडोबी डेवलपर ऐप डेवलपर है और प्रीमियर प्रो उनका एक प्रोजेक्ट आई मीन एक प्रोडक्ट है उनको आप खरीदिए अगर आपके पास खरीदने का पैसा नहीं है तो उनका आप क्रैक वर्सन यूज कर सकते हैं उन क्रैक वर्सन में आप लोगों को क्या करता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में वो रन करना है उस एडोब प्रीमियर प्रो की कोई भी वर्सन हो वो आपको अच्छी तरीके से चलेगा अपने कंप्यूटर्स में तो वो आप उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहिए लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना एडो प्रीमियर प्रो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए है वी के लिए एडोबी एप डेवलपर कहीं आते हैं एक प्रोडक्ट उनका नाम है एडोबी आफ्टर इफेक्ट उनमें जाकर आप थ्री कैमरा या फिर वी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो को कभी मत भूलना क्योंकि क्रिएट कर सकते हो एडोबी ओ आफ्टर रिपिट में लेकिन उनको उसी वीडियो को लेकर आपको एक अच्छे तरीके से वीडियो या फिर मूवी वगैरह बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ वो एड प्रीमियर प्रो में ही बन सकती है क्योंकि ऐड आफ्टर इफेक्ट में एक 10 सेकंड का वीडियो हो तो वो एट्टी टू हंड्रेड एम पी चले जाते हैं उनका फाइल साइज सो ये बहुत ही लार्ज होते हैं तो अगर आप एक दो चार घंटे की मूवी बना रहे होते हो तो मतलब सोच लो कि एक मूवी आफ्टर इफिक्ट में बनाओगे एक तो आपका कंप्यूटर फेल ही हो जाएगा जितने भी हाई कॉन्फ़िगरेशन के हो अगर आपका कंप्यूटर चल भी जाती है तो एक मूवी के लिए आता है करीब 10 से 20 जेरा तो इतने ज़्यादा प्रीमियम हार्ड डिस्क आई थिंक मैंने तो कभी नहीं देखी है अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है एक बात बता दूँ एटोबी आफ्टर इफेक्ट को सीखना ज़रूर सीखना लेकिन जब आपकी प्रीमियर प्रो में स्किल्स अच्छे हो गए हो और एक टाइम आएगा कि आपको प्रीमियर प्रो कमज़ोर लगने लगेगा उस टाइम में आपको आफ्टर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सीखना चाहिए क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो जिस टाइम आपको बहुत ही बुरी लगे उस टाइम में आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट बहुत ही एनर्जेटिक फील कराएगा एंड नेक्स्ट आते हैं एफसीपी यानी कि फाइनल कट प्रो जो एपल्स के लिए अवेलेबल है एपल कंप्यूटर्स के लिए विंडोज़ में वो नहीं रन करते हैं एंड आते हैं डिफिनसी रिजॉल्व डिफेंसी रिजॉल्व विंडोज एंड मैक यानी कि एप्पल्स दोनों में ही अवेलेबल होते हैं आप लोग बताएंगे कि भाई डिफिनसी रिजॉल्व एंड फाइनल कट कटफ्रोक क्यों नहीं यूज़ करेंगे आप यूज़ कर सकते हैं मैं आप लोगों को कोई भी बुराई नहीं कहूँगा लेकिन डिफिनसी रिजॉल्व एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर है कि उसको अगर आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में रन करोगे आपके थी यानी कि 10 लाख का सीपीयू होगा तो भी आई थिंक आपका सीपीयू हैंग हो जाएगा सो so, इसीलिए मैं बता दू पहले आपके कंप्यूटर की जो डेटाबेस है अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर है तो यानी कि 10-12 लाख का सी है तो या फिर आप कभी मत टी से इन को इंस्टॉल करिए क्योंकि वो फ्री वर्जन हो सकते हैं लेकिन बहुत ही बुरी सॉफ्टवेयर है मैं मानती हूँ वो बहुत बुरी सॉफ्टवेयर है उनमें आप क्या कर सकते हैं पहले आपकी कंप्यूटर को आप बैकअप लेकर रखिए आपकी डेटाबेस जो है उनको बैकअप लेकर रखिए उसके बाद डिफेंस डिफेंसि रिसॉल्व में इंस्टॉल करिए चाहे आपकी मैक हो या फिर विंडोज दोनों में ही वो रन करते हैं दूसरे में आते हैं जो कि है फाइनल कट रो ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल कभी नहीं होता है आई थिंक होगा भी नहीं फ्यूचर में पर मुझे पता नहीं लेकिन अभी तक तो अवेलेबल नहीं है विंडोज़ यूज़र के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ करोड़पति ही यूज़ कर सकते हैं वो लोग करेंगे आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 10, 20 या फिर चालीस हज़ार के अंदर एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं तो उनमें आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो को एंड एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट्स को तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत हार्ड नहीं है लेकिन आपको प्लेबैक के लिए आई थिंक 120 GB GB, एक SSD लगा लेने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है अपने कंप्यूटर में तो कोई बात नहीं आप उसमें ही आराम से काम कर सकते हैं तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे एंड सब्सक्राइब आस एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम एट द रेट क्रिप ऑन थैंक यू